श्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नजदीक जिला त्रेबंक गांव में है यहां के नजदीक ब्रह्मागिरी नामक एक पर्वत में गोदावरी नदी का उदम है और बिल्कुल ही पास में त्रेमकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है और गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्राथमानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्रियम के नाम से विराजमान हुए हैं। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में तीन छोटे छोटे लिंग हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव इन्हीं तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं और शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चोरी चोरी सात सौ बनी हुई है इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद राम और लक्ष्मण मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गोमुख में निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं और हिंदू धर्म और देवता शिव को समर्पित है यही इस ज्योतिषलिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि अन्य सभी ज्योतिष में केवल भगवान शिव ही विराजित है और इस मंदिर में शिव विराजमान कैसे हुए इसके लिए हमें ईसा पूर्व में पीछे जाना पड़ेगा कहा जाता है कि एक बार महर्षि गौतम के तपोवल में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों के किसी बात को लेकर महर्षि की पत्नी अहिल्या ने नाराज हो गई थे ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की ब्राह्मणों के तपस्या से संपन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वह मांगने के लिए कहा इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोबल से बाहर निकालने के लिए कहा और भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा करने के लिए समझाया लेकिन वो नहीं माने और आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्लभ गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे देखकर महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए उसे तिनको से धीरे से मारा गाय वहीं मर गई देखकर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गौहत्या का आरोप लगाया और ये देख कर वहा से उनको जाने के लिए कह दिया और इस पर महर्षि ऋषि गौतम ने उनसे प्रयासित करने के लिए उपाय पूछा और ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम बुद्ध कहा कि तुम तीन बार पृथ्वी पर परिक्रमा करके एक महीने तक वर्त और ब्राह्मिरी की सो परिक्रमा करो और तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी और यदि ये ना कर सके तो गंगा जी को यहाँ लेकर आओ और उनके जल से स्नान करके एक सौ करोड़ पार्थिक शिवलिंग की पूजा करो इसके बाद वापस गंगा में स्नान करके फिर सौ घरों को पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराओ ब्राह्मणों के बताए अनुसार महारिषि गौतम ने कठोर तपस्या की महारिषि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों द्वारा किए गए छल के बारे में बताया इस पर महारिषि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं आप इन्हें माफ कर दें और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाए इसके बाद भगवान शिव वही गौतमी तट पर गुमेश्वर ज्योतिर्ग के रूप में स्थापित हो गए यही नहीं कि इसके अलावा मह गौतम द्वारा लाई गई माता गंगा भी पास में ही गोदावरी नदी से परवाहित होने लगी तीन नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह से त्रिम्भ को तीन नेत्रों वाले कहा जाने लगा प्रेम मंदिर की व्यय मार्त देख विश्वास नहीं होता की ईसापुर में भी इसी तरह के कारीगर होते थे अपने आप में अद्भुत एक कला का प्रमाण दिखाया है मंदिर के अंदर जाने पर शिवलिंग केवल आधा ही दिखाई देता है लिंग नहीं गौर से देखने पर आधा लिंग के अंदर एक इंच के तीन तीन दिखाई देते हैं इन तीनों को त्रिदेव और विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है और भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है